करीब आ जा और थोड़ा करीब आ जाता और थोड़ा करीब आ जाता और थोड़ा करीब आ प्यारे तेरा नसीब हो जाता प्यारे तेरा नसीब हो जाता और थोड़ा करीब आ जाता और थोड़ा करीब आ जाता रंग तेरा अजीब जब देखूं रंग तेरा अजीब जब देखूं रंग मेरा अजीब हो जाता रंग मेरा अजीब हो जाता थोड़ा करीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता प्यार तेरा नसीब हो जाता प्यारे तेरा नसीब हो जाता जनता गरीब गरीब प्यारे हैं जनता गरीब गरीब प्यारे हैं कसम से मैं गरीब हो जाता कसम से मैं गरीब हो जाता कसम से मैं गरीब हो जाता कसम से मैं गरीब हो जाता और थोड़ा गरीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता और थोड़ा करीब हो जाता प्यारे तेरा नसीब हो जाता प्यारे तेरा नसीब